हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब आप अपना खोया हुआ मोबाइल की एफआईआर किस प्रकार से कर सकते हैं आपको थाने वगैरह जाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि थाने वगैरह में भी एप्लीकेशन ले लेते हैं और ये एफआईआर लॉन्च करें या ना करें इसकी कोई गारंटी नहीं होती तो अब आप घर बैठे भी इसको आप एफ़ दर्ज करा सकते हैं बहुत ही आसान से इसका प्रोसेस है इसको हम आपको चलो इस वीडियो पर दिखाते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको यू पी कॉप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से आपको दिखेगी और इस पे आपको क्लिक करना है जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों देख सकते हैं एफ़ इस पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ़ दर्ज करें तो यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपना डाल करके लॉगिन करना है तो इसकी आईडी किस प्रकार से बनती है ये हम पहले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप जाकर के देख लीजिएगा कि किस प्रकार से इसका अकाउंट बनता है तो हमारा अकाउंट बना हुआ है तो ऑलरेडी हमको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और लॉगिन कर देना है तो चलिए दोस्तों कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया है और दर्ज करने के बाद ये देखिए ओ इस ओ पे हमको क्लिक कर देना है जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओ आएगा उस ओ को हमको यहाँ पर फिल कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं ओ आ चुका है और इसको हम फिल कर देते हैं फिल करने के बाद ये देख सकते हैं सत्यापित करें यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा तो ये दिशा निर्देश हैं आप इसको पढ़ सकते हैं पढ़ने के बाद आप एफ़ आई यहाँ पर करें आप इसको पूरी तरीके से पढ़ लें तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप इसको पढ़ लें पढ़ने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसको काट दें काटने के बाद हमको बाहर आना है बाहर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है खोई हुई वस्तु का पंजीकरण यानी हमारा मोबाइल गिरा हुआ है या खो गया है तो आप इसकी एफआईआर कर सकते हैं क्योंकि अगर खोया हुआ मोबाइल है या गिर गया है कहीं तो कोई गलत उसका इस्तेमाल ना कर सके तो इसके लिए एफआईआर आई करना ज़रूरी होता है तो चलिए दोस्तों हम उसको आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे खोई हुई वस्तु पर इसके बाद देख सकते हैं ये लोकेशन आपकी ट्रैक करेगा यहाँ पे हमको अलाउ कर देना है अलाउ करने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्वयं की ओर से या दूसरे की ओर से यानी आप आपका मोबाइल खोया हुआ है तो हम स्वयं करना चाहते हैं तो आप ये स्वयं पर टिक रहने दें और अगर दूसरे का किसी का मोबाइल गिरा हुआ है आप उसकी एफ़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर दूसरे पर क्लिक रहने दें तो दोस्तों हमको दूसरे की ओर से मो करना है एफ़ आई आर तो हम ये दूसरे की ओर से क्लिक कर देंगे अब यहाँ पर हमको अपना नाम यहाँ पर दर्ज करना है यानी जिसका मोबाइल गिरा है उसका नाम दर्ज करना है और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है उसके बाद यहाँ पर ई मेल जो भी ई मेल हो तो यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल आईडी जो भी ईमेल आईडी हो आप यहां पर दर्ज कर दें उसके बाद पिता का नाम तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहां पर आपको पिता का नाम दर्ज करना है उसके बाद यहां पर आपको अपना पता दर्ज करना है अब यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं विवरण या हानि की जगह जहां पे आपका मोबाइल गिरा है वो जगह आपको यहाँ पर दिखाना है तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हानि की जगह का पता जहाँ पे आपका मोबाइल गिरा हो या चोरी हुआ हो वो यहाँ पे दर्ज कर देना है उसके बाद दिनांक किस दिन आपका गिरा है तो यहाँ पे चलिए हम दिनांक भर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपना यहाँ पर दिनांग भर दिया और किस समय तो यहाँ पर हमको समय भर तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रारंभ समय जब हमारा मोबाइल हमारे पास नहीं था गिरा या चोरी हुआ उस समय का यहाँ पे डेट भर देना है उसके बाद अंतिम समय यानी जब आप एफआईआर आई आर कर रहे हैं उस समय तक उसके बाद ये आप देख सकते हैं ज़िला अब आपको अपना यहाँ पर ज़िला भरना है तो किस ज़िले में आपका गिरा है तो दोस्तों हमारे ज़िले में था तो हमने यहाँ पर अपना ज़िला भर दिया है उसके बाद पुलिस स्टेशन जो भी आपका लगता हो तो दोस्तों हमारा जो पुलिस स्टेशन लगता है वो हमने भर दिया है उसके बाद यहाँ पे संक्षिप्त विवरण अब यहाँ पे आपको अपना विवरण भरना है कि किस प्रकार से आपका मोबाइल गिरा क्या है वो एक एप्लीकेशन टाइप में आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम लिख देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर संक्षिप्त विवरण में आपको एक एप्लीकेशन टाइप में यहाँ पर लिख देना यानी आपके साथ जो भी घटना घटित हुई है वो यहाँ पर लिख दें लिखने के बाद इसकी अधिकतम सीमा आप देख सकते हैं तीन हज़ार शब्दों की है तो आप जितना चाहें इसमें आप लिख सकते हैं उसके बाद आप ये देखिए खोया हुआ लेख चुनें यानी आपका जो भी खोया है तो यहाँ पे देख सकते हैं कई चीज़ आ जाते हैं आधार कार्ड ए कार्ड कंप्यूटर लैपटॉप कैमरा वीडियो कैमरा क्रेडिट कार्ड जो भी है यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें दिए हुए हैं कि जो गिर गई हो आप उसको कर सकते हैं तो हमारा मोबाइल गिरा हुआ है तो दोस्तों हमको मोबाइल पे क्लिक कर देना है जैसे ही हम मोबाइल पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पर आई नंबर यहाँ पर मांगेगा उसके बाद मोबाइल नंबर तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे आई नंबर फिल कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आई नंबर डाल देना है उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी उस खोए हुए मोबाइल पर लगा रहा हो वो नंबर यहाँ पे दर्ज कर देना है उसके बाद उत्पादन आपका मॉडल नंबर यानी क्या है तो वो यहाँ पे डाल देना है उसके बाद अधिक लेख अगर आप चाहें तो इस पर क्लिक करके खोया हुआ लेख यहाँ पर चुन सकते हैं जैसे कि कोई चीज़ और आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी कुछ ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए आपने इस आइटम को पहले ही चुन लिया यानी हमने मोबाइल का कर दिया अगर और भी कोई चीज़ की आप करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों इसको हम हटा देते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं हमको बस एक बार यहाँ पर चेक करना है चेक करने के बाद हम इसको सबमिट कर देते हैं तो दोस्तों हमने यहाँ पर सब चेक कर लिया है हमारा सब कुछ ठीक है और उसके बाद आप ये देख सकते हैं जमा करे हमको यहाँ पर इस जमा करे पर क्लिक कर देना है चलिए दोस्तों हम कर देते हैं जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं आपकी एफआईआर दर्ज हो गई है जिसमें ये एक पॉपअप लिख करके आ जाएगा कि आपके लॉस्ट आर्टिकल की रिपोर्ट यूपी पुलिस के साथ लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट एलएआर नंबर के रूप में सफलतापूर्वक दर्ज की गई उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ भी इसको आप चाहें तो इसे इस्क्रीन शॉट ले करके रख सकते हैं और ये आपके मोबाइल नंबर पर भी एक मैसेज पहुंच चुका होगा और रिपोर्ट की एक हस्ताक्षरित प्रति पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दी भेजी गई है यानी आपके ईमेल जो आपने डाला था उस पे भी भेज दी गई और ध्यान दें इस आवेदन के तहत दर्ज की गई रिपोर्ट पूछताछ जांच के लिए विषय वस्तु नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर अब आपकी ऑनलाइन एफआईआर मोबाइल की हो चुकी है और आप कभी भी चाहें अगर आपका खोया हुआ मोबाइल बहुत से लोग आलस में नहीं करते हैं लेकिन उस खोए हुए मोबाइल का कभी गलत यूज़ भी हो जाता है तो इस हिसाब से अब आप घर बैठे स्वयं भी इसका एफआईआर कर सकते हैं और इसी प्रकार जब आपकी एफ़ जब दर्ज हो जाएगी तो दोस्तों चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं ये यह आप यहाँ पर आएँगे एप्लीकेशन की स्थिति खोजें यहाँ पर आप आने के बाद आप यहां पर सेवा का प्रकार चुनेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं एफ पे क्लिक करेंगे यहां पे आपको साल क्लिक करना है और यहां पे सर्च करना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी हमने एफ़ करी है वो यहां पर आ गई है अब इसको यहां पे डाउनलोड पे हमको क्लिक करना है डाउनलोड पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पी फ़ाइल पर आ चुकी है अब इसको हम पी फ़ाइल पर करके देखेंगे तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारी ईएफआईआर तत्काल तुरंत हो गई है दोस्तों और इस ईएफआईआर से अब आप अपने चाहे तो आप नया सिम भी ले सकते हैं सिम लेने के बाद आप चाहे तो इसको कहीं पर भी लगा करके आप वो कर सकते हैं और आपका अगर मोबाइल कभी अगर मिलता है तो आपको इसी एफ़ के माध्यम से संपर्क किया जाएगा और तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों धन्यवाद